हाई कॉडर्स तो आज हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द मैक्सीम एलिमेंट इन ए गिवेन एरे तो ये हम लोग का गिवेन एरे है माइनस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये इंडेक्स है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव जब भी हम लोग किसी एरे को डिक्लेयर करते हैं तो हमें से जीरो इंडेक्स स्टार्ट होता है तो हम लोग देखेंगे आज की हाउ टू फाइंड द मैक्सीम एलिमेंट इन दिस गिवेन एरे तो सबसे पहले हम लोग इस प्रॉब्लम को जावा में सॉल्व करेंगे किसी भी किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में लॉजिक सेम ही रहेगा पर हम लोग जावा से सॉल्व करेंगे आज तो देखेंगे कि इसको जावा में कैसे सॉल्व करते हैं और ये सबसे ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो सबसे पहले हम एक क्लास डिक्लेयर करेंगे पब्लिक क्लास एरे दैन उसके बाद पब्लिक स्टेटिक भाईड मैन स्ट्रिंग ऑर्क फिर मैन मेथड को डिफाइन करेंगे यहाँ पर और फिर एक एरे डिक्लेयर करेंगे इंट ए वेयर ए इज एन एरे दिस दिस एरे माइनस वन टू थ्री फोर फाइव एंड उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे मैक्स जिसमें ए जीरो को असाइन कर देंगे दिस इज़ द ए ज़ीरो ए जीरो वेयर ज़ीरो इज़ द इंडेक्स जीरो इंडेक्स ए ज़ीरो तो ए ज़ीरो को मैक्स में असाइन कर देंगे फिर देखेंगे कि फॉर लूप कैसे कम कर रहा है for i equal to जीरो i less than a dot length। यहाँ पे a डॉट लेंथ क्या है एरे का लेंथ एरे लेंथ तो एरे का लेंथ यहाँ पे कितना है हम लोग का माइनस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एरे में सिक्स एलिमेंट्स है तो हम लोग का एरे का लेंथ हो गया सिक्स तो सबसे पहले i equal to जीरो और फिर कंडीशन चेक होगा आई लेस देन ए डॉट लेंथ जीरोन ए डॉट लेंथ मीन्स जीरो और नॉट इफ जीरो कंडीशन इज ट्रू एंड इट विल इंटर द इफ कंडीशन इफ ए आई ग्रेटर देन मैक्स ए आई हियर इज वाट आई इक्वल टू जीरो मीन्स ए जीरो ग्रेटर देन मैक्स फॉर ए जीरो वी हैव द वैल्यू माइनस वन सो माइनस वन माइनस वन ग्रेटर देन max max is what here max is a zero means minus 1 max max is also minus 1 here so minus 1 greater than minus 1 this condition is false so it is it get out from the if condition and then i will be incremented to plus 1 then i will becomes from 0 i is equal to i equal to 1 नाउ इट इज़ आल्सो चेकिंग फॉर फिर ये चेक करेगा कि आई इक्वल टू वन के लिए तो i इक्वल टू वन के लिए i इक्वल टू वन आई लेस देन ए डॉट लेंथ आई वन लेस देन सिक्स ट्रू है कंडीशन फिर इफ कंडीशन के अंदर घुसेगा ए आई मीन्स ए वन ग्रेटर देन मैक्स और नॉट ए वन क्या है हम लोग के ए वन यहाँ पे टू है तो टू ग्रेटर देन माइनस वन और नॉट टू तो उसके बाद मैक्स इज इक्वल टू ए मतलब मैक्स को अपडेट कर देंगे हम लोग मैक्स को अपडेट कर देंगे कैसे ए से ए क्या है अभी आई इक्वल टू वन सो ए आई इक्वल टू टू ए वन इक्वल टू टू यहाँ पे ए आई इक्वल टू वन है तो ए आई ग्रेटर देन मैक्स मीन्स ए वन ग्रेटर देन मैक्स मैक्स माइनस है अभी हम लोग का Two greater than two greater than minus one condition is true, so max will be updated to a i means a one two, so max will be two now. In this way, we are going to check for all the elements for all the indexes. Now, if it will come out from the if condition and now i will be in incremented, so i will becomes two and now it will check for two I equal to two. आई लेस देन ए डॉट लेंथ आई प्लस प्लस सो फॉर आई ए टू इक्वल टू ए टू इक्वल टू थ्री है हम लोग के पास तो थ्री के लिए चेक करेगा थ्री ग्रेटर देन मैक्स और नॉ तो थ्री ग्रेटर देन टू कंडीशन इज ट्रू सो थ्री ग्रेटर देन टू कंडीशन टू इज़ ट्रू है तो मैक्स में टू को असाइन कर देगा तो मैक्स का वैल्यू अपडेट ऐसे ही सारे के लिए करेगा और लास्ट में फिफ्थ इंडेक्स पे आउट ऑफ फ़ॉर लूप एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिमेंट द बिगेस्ट एलिमेंट इन द दरेज मैक्स प्रिंट कर देगा द बिगेस्ट एलिमेंट इन अरेज सिक्स प्रिंट कर देगा तो अब हम लोग इसका कोड देखेंगे कि कैसे लिखना है ऑनलाइन कंपाइलर में या किसी भी किसी भी जवाब कंपाइलर में या जो कोडिंग आप लोग यूज़ करते हैं उसमें कैसे लिखना है तो अब कोड देखते हैं इसका तो ये रहा कोड जो हम लोगों ने वहाँ नोट में लिखा था सेम कोड है यहाँ पे और हम लोग का यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे एरे है इंटर इक्वल टू माइनस वन टू थ्री फोर तो अब इसमें देखना है कि सबसे बिगेस्ट एलिमेंट कौन सा है इसके लिए तो पहले रन करेंगे इस कोड को द बिगेस्ट एलिमेंट इन दि सैरे इज सिक्स देखो सोज इन दिस द बिगेस्ट एलिमेंट इज सिक्स now if we insert any element between this array which is greater than 6 like if we insert 9 then run again the biggest element in this array is now 9 so our code runs perfectly and work perfectly so this is all for today and if you if you want new videos on coding like this you can subscribe my channel thank you